हेलो दोस्तों दोस्तों नमस्कार आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर आज मैं फिर एक ऐसी मोटिवेशनल स्टोरी लेके आया हूँ शायद आपने वो कहानी पढ़ी भी होगी जिसका नाम है मछली और मेढक की कहानी अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें बेलाइकन ऑर्ड करें ताकि आने वाली हर वीडियो आपको क्या मिले और अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें चलिए आपका समय व्यर्थ न करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं एक एक न्यू मोटिवेशनल स्टोरी के साथ फिर से ते... फिस एंड मोटिवेशनल स्टोरी मछली और मेंढक की कहानी एक मछली और एक मेंढक की सोच कुएं में एक मेंढक रहता था उसने सिर्फ यही दुनिया देखी थी और आकाश भी उतना ही देखा था जितना कुएं में दिखता है इसीलिए उसकी सोच का दायरा इतना ही था अचानक एक दिन नीचे से पानी में कहीं से एक मछली आ गई नीचे के रास्ते से एक समुद्री मछली वहां आ गई तभी उन दोनों की बातचीत शुरू हो गई मछली ने पूछा क्या तुम्हें तो पता समुद्र कितना बड़ा है मेंढक ने कहा हाँ और एक छलांग लगा दी और बोला इतना बड़ा मछली बोली नहीं कि बहुत बड़ा है मेंढक ने फिर एक किनारे से आधे किनारे तक छलांग लगा दी फिर बोला कि इतना बड़ा होगा तभी मछली बोली नहीं कि बहुत बड़ा है अब की ने अपने पूरा चोर लगाते हुए एक सिरे से दूसरे तक पूरी छलंग मारी और बोला इससे तो बड़ा कोई ही नहीं सकता तब ही फिर से मछली बोली कि नहीं इससे भी बड़ा है मछली बोली इससे भी बहुत बड़ा है मेढक को विश्वास नहीं हुआ और बोलक की सोचने लगा मछली छूट बोल रही है इससे तो बड़ा हो ही अपने अपनी जगह सही थी लेकिन उन दोनों की सोच में फर्क था मछली की सोच अपने माहौल के हिसाब से और के थी और मेढक की सोच उसके माहौल के हिसाब से थी मेंढक की सोच जिस वातावरण में वह रहता था ठीक उसी प्रकार की थी रियल लाइफ में भी ऐसा ही तो होता है दोस्तों जिस माहौल में हम रहते हैं हमको लगता यही जीवन की सच्चाई लेकिन हम गलत हैं लेकिन हमें अपनी सोच का दायरा बढ़ाना होगा और मछली की बात से सीखना होगा और अगर ये सीख हम अपने जीवन में उतारते हैं तो यकीन हमारी सोच का दायरा बढ़ेगा साथ साथ हम भी खुद आगे बढ़ते रहेंगे आपको ये कहानी कैसी लगी दिस इज़ द बेस्ट मोटिवेशनल स्टोरी इन हिंदी दोस्तों अपना उम्मीद को ओपिनियन ज़रूर शेयर करें